into the uh... ceremony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 ते दवादल जगतो किजस्य न ते विश्वेश्वर विपा विनेश्वर पविश्वदि देवचराज नरस्य आधारकुता जगताय समेकः मही सृष्टेन जगतः निराले अ शिना देवी समस्त में प्रसन्ना विद्या सदस्य प्रिया सुताये दादे विष्णु गुरुदेव प्रदायुदेव पंसद दुर्योग का परम त्रोपारम्भ त्याग सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य विद्य संस्थिते सर्व का पवर को देवेश दारा यज्ञों सुदेव कलाकार तादि रूपेण परितापं बलाग्नित विश्वस्वप्न तोष्ट्य दारा धर्मों दुदेव सर्व मंदलमंगल नाइश्वर सर्वापसाग्रीय शरणेन हंस युक्त ब्रमा नेारिणे क्षति देवी नारायणी नमोस्त त्रिशूल चंद्रय हरे महाकृष मिने